हेलो दोस्तों मेरा नाम है लाला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं वह कौन है जो सुबह से शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है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 ऐसी कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल करने से पहले उसे तोड़ना पड़ता है जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है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 क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है लोक की ऐसी <laughs> कौन सी चीज है जिसके पंख नहीं है फिर भी वह हवा में उड़ती है जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है पतंग ऐसी <ख़ाँ> <ख़ाँ> कौन सी चीज है जो सारे बच्चे खाते हैं लेकिन अच्छी किसी को नहीं लगती है जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है डांट <laughs> अंत में एक जोक हो जाए सब समय का फेर है साहब पहले त्योहारों पर छुट्टियां होती थी आजकल छुट्टियों पर त्योहार होता है जैसे 15 अगस्त को रक्षाबंधन था और अब दिवाली को संडे है